इसको टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले उसके बाद बात करेंगे जो सबसे पहली एक चीज आपके टंग पे हिट करेगी ना वो है देसी घी का फ्लेवर कई जगह पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं बट जो ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो आई होप इस पूरे नॉर्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला सब YouTube, my name is अभिजीत और lockdown के इस typical situation में घर पर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें करने को थी but one thing जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा help किया है that is YouTube. So बहुत दिन का ये thought था कि आज YouTube पर कुछ अलग करते हैं कुछ अलग तरीके से बात करते हैं तो इसी plan के साथ हमने शुरू किया है ये channel. चैनल का नाम है देसी फूड जहां पे आपको मिलेंगी अल्टीमेट फूडिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके लोकल एरियाज़ में जो भी टेस्ट आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ तो इस पूरी जर्नी में बहुत मजा आने वाला है आप सभी को तो मेरे साथ बैक एंड पे है कैमरा में रॉबिन जो कि मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और उसके ही मोटिवेशन से आज मैंने ये चैनल शुरू किया है तो आज पहला दिन है हमारे ब्लॉग का तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत अपने फेवरेट प्लेस से करते हैं सो लेट्स गो एंड चेकआउट कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं चलिए Right guys, so we have reached the destination here, and this is the heart of the city, Kolkata. This is ultimately the experience of Baba, that is the holy place, Bhutan. And we are here to taste the one of the famous dish of Shobhabazar Iritola. The entire lane is famous for this particular shop, who is serving around nearby 40 to 45 years. They are serving the litti and the authentic choka here. You will also have the uh, tea here. But first of all, would like to know. ये जो इतनी स्पेशलिटी है यहाँ की इतने अच्छे खाने हैं यहाँ की क्विजीन है ये जो अल्टीमेट हमारा जो डिश है इस डिश के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्राइक पहले बात करते हैं तो ये जो आपका चूखा का ये जो कंसेप्ट है ये ऑलमोस्ट आप कितने दिन से कर रहे हैं ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स से आप कर रहे हैं और ये दुकान शॉप जो है कब तक कब तक खुली रहती है ऑलमोस्ट सुबह ग्यारह से रात ग्यारह सुबह ग्यारह बजे से रात ग्यारह बजे तक ऑल द टाइम ये लिट्टी और ये चोखा साथ में चाय तो क्या ऐसी स्पेशल क्रिएटिविटी है इसमें कि लोग इतने मतलब दूर दूर से आपके यहाँ पे आते हैं खाने के लिए मसाला है भैया ने पूरे इन्ग्रीडियंट्स के बारे में बता दिया गया इसको तो देख देख सकते हैं आप ये जो नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली लिट्टी है जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है ये बिल्कुल उसका स्मॉलर वर्जन है यहाँ पे देखिए इसकी साइज जो इसकी है इसके साइज़ पे मत जाइए ये अल्टीमेटली लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम अभी इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी स्पेशलिटीज़ इस क्या है थैंक यू भैया तो हमारे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए एट दिस गाइज़ ये आ गया है यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली लिट्टी चोखा आप यू कैन कॉल इट बाटी ऑल्सो आप इसको बाटी भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं बट हमारे लिए ऑथेंटिक बिहार का कोई है लिट्टी चोखा तो अब तो सबसे पहले देखते हैं जूम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है हमको हमें वन टू तो, थ्री फोर फाइव फाइव पीसीज ऑफ लिट्टी है जो टोटली डिप है एकदम देसी घी में लगाते हैं ये साथ में उनका पोटैटो स्मैश आलू का चोखा है और यहाँ पे सफ़ेद चटनी है जो कि आई गेस मिंट की चटनी है तो इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा देखिए इसको जस्ट यू जस्ट टीयर इट विथ योर हैंड और ये देखिए कितनी ईजिली ये जो है इसके अंदर का मिक्सचर आपको दिखाई देगा बिल्कुल ही टेंडर है और इसके अंदर में यू कैन सी सत्तू की फीलिंग है ऊपर का जो कोट है वो ज़्यादा मोटा नहीं है एवरेज है और अंदर की जो फीलिंग है वो फीलिंग देखिए ड्राई फ्रूट्स की है तो आई कैन नॉट वेट इट मच मैं इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा चोखा ले लेते हैं और हल्की सी चटनी जो सबसे पहली एक चीज़ आपके टंग पे हिट करेगी ना वो है देसी घी का फ्लेवर कई जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बट जो ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो आई होप इस पूरे नॉर्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला दूसरी जो इसकी खासियत है वो इतना मॉइस्ट है ये इसके अंदर के जो फिलिंग है ईच एंड एवरी ड्राई फ्रूट का टेस्ट आपको इक्वली मिलेगा आई के नॉट वेट मच मैं जब तक इसको खा रहा हूं आप तब तक बाबा का दर्शन कर लीजिए और राइट सो so, अभी हमने टेस्ट किया भी ऑथेंटिक लिट्टी एंड चोखा जो कि यहाँ का आइकॉनिक डिश है और ठीक उसके पास में ही बहुत ही पॉपुलर पंडित जी की चाय की दुकान हर एक बंदा जो नॉर्थ से बिलोंग करता है जो नॉट कोलकाता से बिलोंग करता है उसको अच्छे से पता है अबाउट दिस शॉप यहाँ पे क्या होता है क्या मिलता है अब सब जान ये चाय की दुकान जो है बहुत ही आइकॉनिक दुकान है अराउंड ट्वेंटी ईयर्स वे लोग सर्व कर रहे हैं तो अभी हम टेस्ट करेंगे यहाँ का स्पेशल कुलर वाली चाय तब तक आप देख लीजिए फटाफट ये चाय बनती कैसे है बहुत ही यूनिक स्टाइल है अब ये जा रही है चाय छानने को और देख सकते हो गाई गर्मा गर्म चाय है अब यहाँ से आता है तिगड़म और ये जो तिगड़म है ये पूरे नॉर्थ में ऐसा तिगड़म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली बड़े वाले बर्तन से छान के इसको छोटे वाले बर्तन में ट्रांसफर किया है अब ये देखो भाई ये आता है असली ट्वेस्ट यहाँ का देख रहे हो ना झरने गिर रहे हैं एकदम चाय के भाई गर्मा गर्म। गरमा गरम चाय के झरने के रहें और ये ऑथेंटिक स्टाइल है इनका पूरे चाय के फ्लेवर को ब्लेंड करने का सीक्रेट स्पाइसेस के साथ में इन्होंने ये ऐड किया हुआ है यहाँ पे और ये देख लो गाइस पूरे अच्छी तरीके से फेट रहा है सिर्फ दूध की चाय है और बहुत ही ऑथेंटिक शॉप है बहुत दिनों से कर रहे हैं इन सी और ये पूरे दूध में उबाल के साथ दोबारा बिना गर्म के उबाल दिया उसको ये है टेक्निक ट्रेडिशन और और ये आ गई गाइस हमारी चाय यू कैन सी दिस बिल्कुल टिपिकल थोड़ा बाहर आ जाते हैं सो so देखते ही देखते ही ये कप पटाख से ख़त्म हो गया एकदम जादू की छड़ी दो तीन सिप में इतनी टेस्टी है ये ख़त्म हो गई सो एम जस्ट गोन आ गो एड और मैं दूसरा वाला कप लेने वाला हूँ सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे को ये प्लेस इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ना यू विल फील रिलैक्स यहाँ पास में ही आपको आयरी टोला घाट मिलेगा जहाँ पर बहुत ही सुकून है एंड बेसिकली ये लेन इट इज़ फुल ऑफ फूड यहाँ पे बहुत तरीके के खाने हैं बहुत तरीके के लोग हैं जैसा अतरंगी मिजाज का कोलकाता शहर है वैसे ही अतरंगी यहाँ के लोग हैं और यहाँ के खाने हैं और इसी तरीके के खाने को एक्सप्लोर करने के लिए डू वॉच आर चैनल एंड सब्सक्राइब नीचे मैं आपको बेल बेलाइकन मिलेगा जिसको हिट करना है और उसकी ठीक बगल में लाल कलर का बटन है जो चिल्ला चिल्ला के सब्सक्राइब मांग रहा है उसको प्यार से उंगलियों से दबा दो और आगे की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे इस लेन को एक्सप्लोर करने के लिए राइट गाइस तो अभी हम आ चुके हैं इन फ्रंट ऑफ बाबा भूतनाथ धाम जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेस है नॉर्थ कोलकाता में शिव जी का मंदिर है ये ओके तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे बाबा का और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ और फीडबैक्स जो हमने अभी एक्सप्लोर किए तो लेट्स गो और दर्शन करके आप अब बात करते हैं टोटल और जेनुइन रिव्यू की जो फूड हमने अभी खाया सो so, बेसिकली मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ कि मैं आपको फूड के प्रॉइजन नॉजेस के बारे में बताऊँगा बट एज़ अ टेस्टर मैं बस एक फ़ूड टेस्ट करता हूँ फूडों का लिखूँ मैं फूड मेरे को बहुत पसंद है खाने का क्रेज़ है आप देख सकते हो तो मैं जेनुइन फीडबैक आपको बताऊँगा कि अल्टीमेटली नॉर्थ में इस रीज़नेबल प्राइस पर आपको इससे बेटर लिट्टी और चोखा कहीं नहीं मिलने वाला में अगर आपने कभी डाल दूंगा और रॉबिन के चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइबलार खबरों के बारे में फूड को एक्सप्लोर करने के लिए बने रही है हमारे साथ दसी फूड पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक का उसको भी फॉलो कर लेना कैमरे में है मेरा भाई रॉबिन उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक का वो भी लाइक like करना ना भूलें और इसी तरीके के मजेदार खबरों को सुनने के लिए और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल देसी फूड पर मैं हूँ अभिजीत आपका होस्ट चंद दोस्त और आप देख रहे हैं देसी फूड टिल्स